कैसे हो तुम अक्सर ये सवाल लोगों से पूछते हो आजकल कुछ ज्यादा ही पूछते हो। तुम सबकी फिक्र करते हो काम की लोगों की डेडलाइंस की ईमेल्स की दोस्तों की दोस्तों के घर वालों की अनजानों की भी पर खुद की तो आज सुबह उठो और न्यूज मत देखो आज की इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस होने की आज खुद के लिए और अपनों के लिए कुछ टाइम निकाल आज उस चाइल्डहुड फ्रेंड को कॉल करके हाल पूछ लो याद करो वो बचपन जब हर दिन खुल के जिया करते थे हर शाम ग्राउंड में खेलते और फिर घर आकर चॉकलेट वाला दूध पिया करते थे आज कुछ मैसेजेस मिस हो जाए शायद बॉडी जो मैसेजेस दे रही है वो सुन लेना रोज दुनिया को चुना है तुमने आज रुक कर खुद को चुन लेना काइंड होना मैजिक ट्रिक नहीं है 90% टाइम्स काम आती है दोपहर अगर बहुत बिजी हो जाए तो उसके बाद तुम्हारे लिए शाम आती है अगर तुम वेल नहीं हो तो इट्स वो वर्क कॉल अगर मिस हो जाए मैं भी दाद फेवरेट गाना गुनगुनाओ फैमिली के साथ बैठकर मुस्कुराओ जिन्होंने किसी को खोया है उनकी बात सुनो कुछ कहना जरूरी नहीं और जब तक सब ठीक ना हो तब तक ये कहानी पूरी सबसे पूछते हो पर खुद से क्यों नहीं पूछते